अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा रिश्ता दिया है जो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है और इसी को को जाने के बाद ये रिश्ता कभी वापस नहीं मिल सकती ये एक ऐसा मज़बूत रिश्ता है जिसका इम्पेक्ट इंसान के ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा होता है हमारे माशरे में एक ट्रेंड बना हुआ है हम वालद की रेस्पेक्ट अपनी ज़िंदगी में तभी करते हैं जब वो हमारे लिए कुछ कर ले जब वो हमारे लिए कोई एसेट बना के रखे या वो जो हमारे लिए कुछ अच्छा करे किसी माल की सूरत में या किसी और चीज़ की सूरत में तो तभी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं और जब भी वो हमारे लिए अपनी कमजोरियों की वजह से कुछ ना करे इंसान है कमजोरियां हर इंसान में होती है और हर इंसान से कुछ भी हो सकता है कोई भी गलती हो सकती है तो जब भी वो गलती करे तो हम उनको रिस्पेक्ट देने की बजाय उनकी तजलील कर लेते हैं अच्छा इंसान से गलतियां हो जाती हैं हम से भी गलतियां हो जाती हैं लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है जिसपे इंसान को डीपली सोचना चाहिए इस रिश्ते की दर को समझना चाहिए इस रिश्ते को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए ये रिश्ता इतना मजबूत है इतना मीठा रिश्ता है कि यह जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलता ये एक बार टूट जाए फिर से जुड़ सकती है फिर टूट जाए फिर से जुड़ सकती है लेकिन खुदा ना करे जब ये रिश्ता हमसे इस दुनिया से चला जाए ये रिश्ता इंसान न तो दौलत के थ्रू कमा सकता है फिर और ना किसी और रिसोर्स के थ्रू इस रिश्ते को फिर से हासिल कर सकता है तो इंसान को अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करने में कोई ताखिर नहीं करनी चाहिए और अगर वो गलती भी करे या हमसे कोई गलती हुई है तो हमें डीपली सोचना चाहिए इस रिश्ते की कदर को फिर से उजागर करना चाहिए अपने सहनों में अच्छा जो रियल में हम रिस्पेक्ट देते हैं ना इसके बारे में सुखरात ने तकरीबन 14 पंद्रह सौ साल पहले एक अजीब बात कही थी सुखरात से किसी ने पूछा कि वेल्थ जो माल होता है जो वालदेन की वजह से मिलता है इंसान को या अपने आबाव की तरफ से मिलता है तो इसका क्या इंपैक्ट होता है सुकरात तो एक फिलासफर थे उसने अपने बुक में लिखा है किंगता और उसी किंग से एक बंदे ने आके यही सेम क्वेश्चन किया कि दौलत के बारे में आपका क्या ख्याल है आपके आबाओदाद से या वाले से आपको कितना दौलत मिला है तो उसने बड़ी अजीब बात बताई है अब इसको ध्यान से समझिए उस किंग ने कहा कि मेरे अबाओ ने मेरे अब्बू को बहुत ज्यादा माल असा के तौर पर छोड़ा था लेकिन मेरे अबू ने उस माल को कम करके कर दिया आधा कर दिया अब इसी में ये अपने बाबा को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा ये अपने पेरेंट्स को उन पर तनकीद नहीं कर रहा आगे ये क्या बोलता है ये आगे बोलता है कि मेरे बाबा के पास दौलत तो आधी रह गई थी लेकिन अभी मेरा ये कोशिश है कि जब भी मैं इस दुनिया से चला जाओ तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा माल छोड़ के चला जाओ मतलब जो मेरे बाबा ने दौलत छोड़ी थी ना उस वो तो हाँ थी। अब मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ बढ़ तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है वेल्थ के बारे में और मेरी ख्वाहिश भी है अच्छा इससे हमें एक सबक मिलता है चूंकि वो तो पिलास पर थे सुखरा तो उसकी बातों में तो डीपली जब हम जाएंगे तो उससे पता चलेगा जब उसने ये बात कही कि मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा छोड़ना है हालांकि मेरे अब्बू ने मुझे हाफ छोड़ा था इसका मतलब ये हो गया कि वालदेन को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि रीज़न क्या है रीज़न ये है कि हर इंसान को खुदा ने सलाहियत दी है अगर वालदे से कोई गलती हो गई या उनकी मजबूरी हो गई और वो हाथ छोड़ के चले गए या उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा तो उनको ब्लेम करने के बजाय ख़ुद पे फोकस करना चाहिए अब हमने अपने आप में इतनी एनर्जी क्रिएट करनी है इतना हमने मेहनत करना है कि उनको ब्लेम ना करें खुद पे फोकसड रहें हम खुद इतना मेहनत करें कि हम खुद के लिए वो सब कुछ बनाए जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं तो उसने बड़ी अजीब बात बताई है वो ने तो हाफ जोड़ा मैं अभी इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा क्या किरदार होगा अपने बच्चों के लिए तो उसने सब कुछ अपने ऊपर डाल दिया तो अपने वालदे को माल की वजह से दौलत की वजह से उनके डिसरिस्पेक्ट करना उनके पीछे पूरा भला कहना कि के मेरे वाले ने मेरे लिए क्या किया मैं तो सोसाइटी प्रेशर की वजह से सोसाइटी बर्डन की वजह से मुझ पे बहुत प्रेशर है सोसाइटी कुछ भी नहीं होती बाज़ात आप सालों तक होते हैं कोई आप तक रसाई हासिल नहीं कर सकता आपका कोई पूछता नहीं तो अगर कोई आके आपके वालदे के बारे में आपको भड़काए तो इस पे प्रेशर होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि इंसान को अल्लाह ने कैपेसिटी दी है उस कैपेसिटी के थ्रू इंसान ख़ुद के लिए बहुत कुछ कर सकता है और वालदे और टीचर उन्हें हमारे लिए बहुत कुछ किया था बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो ये ऐसे लोग हैं जो हमें कामयाब देखना चाहते हैं जो रियल में हम पे फोकस्ड है जिनका ध्यान हमारे ऊपर है और वो हमें हकी कामयाब देखना चाहते हैं तो गलतियाँ होती है हमसे भी होती है सबसे होती है पर सोचना चाहिए कि अगर टाइम मिला है और वो खुदा ने जहन में ये सलाहियत डाली है तो इस सोच के थ्रू अपने सोच को पॉजिटिव सोच की तरफ लेके जाना चाहिए और अपनी बातों को अपने किरदार अपने एक्ट्स की वजह से अपने पेरेंट्स की फ्यूचर में बहुत ज़्यादा क़र करना चाहिए क्योंकि जिसने वालदे की क़दर की यकीन माने दुनिया तो क्या इस दुनिया में और आखिरत में जो कुछ भी है वो उसका होगा थैंक यू